हैलो hey, गाइज तो फीड गेमिंग ने मेरे आई बटन वाले वीडियो पे ये वाला कमेंट किया था तो बस उसको भी शार्ट आउट और अगर आपको भी मेरे अगले वाले वीडियो में गारंटीड शार्ट आउट चाहिए तो मेरे कोई भी वीडियो के नीचे जाके बस कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो ये वाली जो रेस है वो सेम इवेंट की सेकेंड रेस है और अगर आपको पहली रेस देखनी है सेम इवेंट की तो आई बटन में जाके देख लीजिएगा मैं डाल दूँगा तो अभी बस देखिए कैसे मारा पड़ती है रेस जीतने के लिए